फ्री फायर कम्युनिटी के हैकरस के कुछ ऐसे सच जो आपको शायद ही मालूम होगा तो देखो भाई लोग आज के वीडियो में फ्री फायर के हैकरस के कम्युनिटी के कुछ ऐसे रहस्यमई सच जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो आखिर तक दिए क्योंकि आज के वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन है और आपको कॉन्टी फाइल भी मिलेगा अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा तो आपको शायद ही मालूम होगा जो अभी तक के जितने सारे मतलब अब तक जो हो रहे हैं ना जो इतने बड़े बड़े हैकर्स हैं अभी के टाइम पे उनका जो कॉन्फ़िग फाइल है वो अपने ठीक डिवाइस में ठीक से काम नहीं करता और बस ये ही नहीं उनका जो लिंक है होता है उसका हमारा मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम क्या फिर लिंक ओपन नहीं हो रहा है ये अभी के टाइम पे बहुत सारे क्या सारे यूट्यूबर्स के ऐसे हो रहे हैं जितने बड़े बड़े हैकर हैं तो इसका रीज़न क्या है इसको फिक्स कैसे करना है तो वो भी मैं बताऊँगा और मेरे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं मतलब मेरा वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा जब भी आप ओपन करते हैं आपका नो इंटरनेट प्रॉब्लम दिखा रहा है क्या फिर आपका अटक रहा है तो चिंता मत कीजिए सब कुछ बताएंगे तो देखो फैमिली मेंबर्स हाल ही में कुछ दिन पहले गैरना ने एक नोटिस किया है जिसमें साफ साफ लिखा गया था अब से हमारे इंडिया में जो जो कॉन्वीफाइल यूज़ करेगा उसका आईडी तो सेफ रहेगा पर जो कॉन्वीफाइल आएगा वो कॉन्वीफाइल बैन होने वाला है मतलब आप जितने बड़े यूट्यूबर क्यों ना बोले सारे के लिंक आपको मतलब बैन कर रहा है गैरना यही रीज़न है आपका मतलब लिंक काम नहीं करने का पर इसका मतलब ये नहीं है आप लोग कॉन्वीफल नहीं यूज़ कर पाओगे इसका पीछे मतलब एक रीज़न है मतलब अब चाहे तो यूज़ कर सकते हो वीपीएन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बी से डाउनलोड करना है तो देखो सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे आके आपको सिम्पली सेटिंग पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद देखो ऊपर एक सर्च बार में सर्च बटन है इसमें आपको जाके सर्च करना पड़ेगा डी एन एस हाँ गई आपको डी सर्च करना पड़ेगा ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको सेम सेम ऐसे टाइप कर देना है तो देखो ऊपर जो प्राइवेट डी है इसको आपको ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपको डी पे ओपन करना है और ये जो बीच वाला है ऑटो डी आपको सिंपली इसको ओपन कर देना है ये ऑप रहेगा ओपन कर देना बस ये भी ख़त्म नहीं होता तो देखो अभी आपको जाके प्ले स्टोर पर जाके ये जो डाउनलोड करना पड़ेगा ये इसका नाम है पावर वी आपको सिंपली यही वाला वी पी डाउनलोड करना है ये वी मस्त है और इसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद देखो बस मतलब क्लिक करके इसको ओपन कर दीजिए इसके अंदर एक इंटरफेस आएगा कुछ ऐसा और अभी आपको यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे मतलब यू का सर्वर सेलेक्ट करना है तो मैं यू का सर्वर सिलेक्ट कर देता हूँ अभी एक भी सिलेक्ट और कर दीजिए अभी इसको एक्टिवेट कर दीजिए एक्टिवेट करने के बाद अभी आपको मेरा लिंक पर क्लिक करना होगा और अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ लिंक ओपन होता है कि नहीं होता तो ज़रा वेट के लिए कर लीजिए देखिए यार देख सकते हैं पे लिंक ओपन हो रहा है देखिए देखिएगा सिंपल से लिंक ओपन हो चुका है तो आप भी ऐसे कर लेना सा। मतलब सारे कॉन्फिक्ट फाइल में इसमें वर्क होगा सब कुछ क्लियर होने के बाद मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है आप जो खेलते हो तो इसके अंदर देखिए मैं फ्री फायर मैक्सवेल ओपन कर लिया उसमें पासवर्ड है पासवर्ड जरूर पुट कर दीजिएगा आपको कॉपी पर कट कर लेना है फिर आपको डिवाइस वहाँ पर चले जाना है और जाने के बाद आपको एंड्रॉइड फिर डाटा के अंदर जाके आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके बस इतना सा कर दीजिए आपका काम खत्म